नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में बोझ खलीफा के टॉप पर एक ऐड बना है आपने देखा ही होगा अगर कोई अदर कंपनी वहाँ एड बनाना चाहती है तो उसको करीबन एक हजार करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा धन्यवाद